LIC IPO में नया अपडेट हुआ है जो आपको फॉरेन इन्वेस्टर के बारे में तो वीडियो मैं हूं आपका दोस्त नैन बोरसानिया और आप शेयर में एल आई सी आईपीओ के बारे में आपने तो कई बार सुना होगा लेकिन अभी अभी फिलहाल न्यूज मिला है कि इसमें फॉरेन इन्वेस्टर को भी शामिल किया है गवर्नमेंट ने ये जो LIC का IPO जो पूरा गवर्नमेंट ही संभाल रही है एल के बारे में बातचीत करें के तो डेट के बारे में बहुत लोगों ने मुझसे पूछा मैं बता देता हूँ फिलहाल न्यूज नहीं मिला है लेट डेट के लिए अभी आईपीओ का लेट डेट नहीं होने वाला 11 तारीख को आने ही वाला है इसलिए वेट कीजिए और आई भरिए अभी हम बात करते है कि लेटेस्ट न्यूज क्या है एल आई सी आई पी में जो केंद्र सरकार ने डिसीजन लिया है कि फॉरेन इन्वेस्टर को भी 20, 20 पीटीआई रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने विनिवेश योजना के तहत जो भी इन्वेस्टर है उसमें फॉरेन इन्वेस्टर को भी शामिल कर दिया है नाना मंत्रालय और नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने यह डिसीजन लिया है के एल आई की जो डेट है जो चेंज नहीं होगी ग्यारह मार्च को ही फाइनल रहेगी एल आई की बात करें तो सरकार को तिरसठ करोड़ का मुनाफा होने वाला है इस आई से जो इंडिया के इन्वेस्टर है वो भी सोच रहे हैं कि इसमें इन्वेस्ट करें कि ना करें अभी मार्केट जो है बहुत डाउन जा रहा है अभी जो दो का जो डाउनफॉल था उस हिसाब से अभी इस लेवल पर ही मार्केट जा रहा है तो भी एल आई के जो लेटेस्ट न्यूज मिलते ही रहते हैं सबको लगता है कि आई ग्रो होगा लेकिन मेरी यही सलाह है कि 11 मार्च तक आप रुक लीजिए उसके बाद ही इस आईपीओ को भरिए और बाद में डिसीजन लीजिए क्या करना है कि क्या नहीं करना है अभी हम बात कर रहे आई सी आई के बारे में तो बीस परसेंट फॉरन इन्वेस्टर आ गए तो बहुत अच्छा लग रहा है और ये जो आईपीओ में जो भारत सरकार को लोड हो रहा है वो भी काफ़ी कम हो गया क्योंकि इसको मंजूरी और सहमति दोनों दे दी है ये आपको जानकारी कैसी लेगी मेरी इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए